आज और यहाँ पे मोहन भाई फील्डिंग कर रहे हैं ओह आलम भाई आते यहाँ पे अपने सर में पट्टा लगा रहे हैं इन्हें गेंद दिख रही है यहाँ पे और ये हमारे क्रिंज टिकटर नहीं है हमारे ये सस्ते यूट्यूबर म्यूजिक हमारे चिकन वाले भाई चिकन चिकन चिकन वाले भाई भाई भाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला तो यार ये रिकॉर्ड तो तो नहीं किया तेरा कैस था चैनल सब्सक्राइब करती मतलब क्या कौन था कौन सा सेट था वो लगा रखा है। थी उस पर वो वाला एंश है यहाँ पे हमारे यूट्यूबर मिल रहे अब गिरा। चीज के ऊपर गिरी। अबे जिसके ऊपर गिर गया अभी आरफ़ अब्दुल्ला के ऊपर है यहाँ हमें हमदा दिखती है यहाँ पे यहाँ पे हमारे सिकंदर भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ कलियर है अबे आराम ये हाँ पता है भाई अब अरफान जाएगा ना भाई अरफान वो क्या मैं कैसा लग रही हूं? ये हमारे एक टॉकर <laughs> मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ इस बॉल पे सीख जाने वाला है हम आपको पहली प्रिडिक्शन बता देते हैं देखिए क्या आउट दे तो, नहीं। तो, गा <laughs> तो, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें बेल आइकन को जरूर दबा उसको नोटिफिकेशन फॉल पे कर दें थैंक यू थैंक यू बाय बाय